पासों को हथेली प्राप्त है लेकिन न पर पहचान है पहचान नहीं आ रहा पहचान नहीं होने कारण होने वाला दुख हो रहा है पहचान में आ जाएगा सारे दुखांत हो जाएगा तो खोजने मिलेगा पहचान, पहचान, पहचान, पहचान, पहचान, पहचान नहीं आ रहा है पहचान करने के लिए पहचान करने के लिए पहचान नहीं होने कारण क्या है हमारे परमार जन्म में है तम प्रकाश शब्द निःशब्द की कोठरी हमारे शरीर के अंदर चारों कोठरिया अंदर घट कोठरी तू उतरी पड़ो तब माँ पी शब्द में दूर। तो चलो निश्च में से देख लो अपने को आँख मध के, हाँ खोल कर देख दो संसार को अब तुम हो शरीर के अंदर में यदि बाहर का देखना बंद करके आंख मन कर देखो आँख मन कर देखते क्या देखते हैं अरे आंख मन अंधार देखता है अंधकार कहाँ है जहाँ आप है मतलब अंधकार में आप बैठे हुए अंधकार में पड़ेगा हमारे अंदर केवल अंधकार नहीं प्रकाश भी है शब्द भी है परमात्मा अंधकार में भी है शब्द में भी है प्रकाश में भी है शब्द में भी है देखो सब पहचान हो रहा नहीं है शब्द में चलो नहीं है शब्द में तो पहचान जान करने के लिए वही बाहर नहीं अपने अंदर में चलिए अपने जो है अंधकार प्रकाश का पर्दा है हटा दीजिए परमात्मा को पहचान कर दीजिए आपके शरीर पर कपड़ा है जो आपका सही ढका हुआ है आप दिखाई देता सतपड़ा हट जाएगा तब आपका सही आप सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हमारा शरीर है उसी तरह जिसने सतपा आप जो आत जाएगा अपने आप का ज्ञान हो जाएगा आज अपने आप का ज्ञान होगा तभी परमात्मा से भी आपको सही का ज्ञान है अपने शरीर का दूसरे शरीर देख रहे हैं संसार का भी कर रहे हैं और उस ज्ञान में जो लेना चाहिए सो भी ले रहे हैं उसी तरह से जिसने आपको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा जिससे तत्व में जो आप है वही आपका परमात्मा है जैसे जो शरीर हमारा पाँच सब का पाँच तक का बना है सारा संसार पाँच होगा बना हुआ है तो पांच बच्चों के शरीर ज्ञान में रहने के कारण पाँच से बनने तमाम का ज्ञान हो रहा है उसी तरह से जिन अपने आप का ज्ञान हो जाएगा कि शरीर के अंदर रहना मैं हूँ उसी दिन अपने आप ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा अंतिम ज्ञान है अंतिम ज्ञान ज्ञान ही सुखदायी होता है पदार्थ सुख नहीं देता अपना ज्ञान सुख देता है एक बच्चा है खिलौना दे दीजिए जिसका कीमत पच्चीस या पचास पैसा है बच्चा खलौना पा कर खुश हो उसके हाथ से खलौना छीन लीजिए असरफी दे दीजिए तो असरफी पा कर फिर नहीं होगा खलौना फिर क्यों उसके पास तो नहीं समझदारी सरफी को नहीं पहचान जा रहा और खलौना को पहचान खलौना यानी आप तो उससे आने आदमी को किसर खलौना दीजिएगा तो आप खुश हो जाएगा आप जानते हैं सरफी से इस तरह का बहुत खलौना हो जाएगा मतलब जो जितना है ज्ञान में बढ़ा होता है उतना ही सुख में बढ़ा होता है अब संसार में ही देखें ना संसार के ज्ञान में इतना बढ़ावा हुआ है उसका सुख हो रहा है वही आदमी है जो कि मुश्किल से 50 चालीस रुपए रोज कमाता है एक आदमी है जो कि 50 चालीस रुपये हजार रुपये कमाता है और कोई लाखों रुपये कमा लेता है जो जितना ज्ञान में बढ़ावा संसार का लाभ ले रहा है ये अंतिम ज्ञान है ये अंतिम ज्ञान जिस दिन हो जाएगा अंतिम सुख हो जाएगा जिस सुख के बाद फिर दुख होता है नहीं तो कहानी का आता पर है, अपने प्रति माया का पर बाहर जाए अपने आप में ज्ञान में हो जाए जिस ज्ञान में हो परमात्मा ज्ञान में होकर परमात्मा विराजने वाले कन्या से उसको प्राप्त करें इसके लिए आपको पालन करना पड़ेगा एक बच्चा है कपड़ा पहनना खोलना नहीं जानता है उसके माता पिता उसको पहनाते है, हैं खोलते हैं अभी बच्चा जब सीख जाता है तो अपनी मर्जी से जबता है तो पहले आज खोल देता है इससे अगर आप सीख गए जैसे सर्कमणी में आप कुशल हो गए प्रवीण हो गए तो आपकी अपनी मर्जी हो जाएगी अपनी मर्जी हो जाएगी जब पहले जो जो चला रहा है प्रहंच प्रहंच जो चला पहली जब पहले चौरा छोड़ लीजिए अपने आप ज्ञान में आप परमात्मा का ज्ञान में होकर अब परमात्मा में बिराजने वाले अब नासी सुख को प्राप्त कर लेंगे कि जो सुख के बाद कभी दुख नहीं होता है जो मार्ग उस दिखावें समय सुख पावें पावन सदा सुख हरिद्वार संसार आशा तज रहे सपन हो नहीं दुख दो दर्शन बात को, को देव गुरु हरिचंद में संसार पार पाइए ये ज्ञान तुलसी दास रापन का ये कहते लोगों यह जान करके विश्वास करके अपने आप के ज्ञान को प्राप्त करो जिस ज्ञान में, में होकर है परमात्मा का ज्ञान होता है जैसे सारे दुखों का होता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए के लिए साधना दृष्टि है सब बातों को सीख लो ये सब बातों को सुनाने के लिए समझाने के लिए यह आयोजन किया गया है जिसमें आप इतनी लोग आए हुए हैं हम लोग भी वो आए हुए हैं पहला बैठक है प्राण काल है तो यहाँ दोस्तों तीन दूसरी जगह दो ही जगह उनका होता है लेकिन यहाँ तीन दिन का कार्यक्रम रखा गया है ऐसे ऐसे चल रहा है तब सब सब सब लोग सब समय पर आगे सुनिए एक ही समय में सारी बातें कही जाए यह संभव नहीं है और कहने वाला कोई होशियारी भी तो दे तो सुनने वाला समय लोग समझ ये तो जाए ये तो और कठिन बात हो जाएगी इसे सब समय पर आइए और सुनिए और सुन करके अपने जीवन को में उतारिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए जीवन की सार्थकता एकमात्र है इसी ने सब कुछ किया यही नहीं किया जीवन बेकार चला गया कुछ काम में कुछ भोग में कुछ नींद में पया आया समय समा तो, सोच कर रोया या सोच कर नहीं रोना पड़ जाए कि हाय जीवन जीविका चला गया किसने किया तो अवसर है अवसर से लाभ चाहिए और अवसर तभी तक है जब तक आपका शरीर स्वस्थ है बुद्धि ठिकाने हैं और जगह एकदम निर्बल हो जाएगा अब बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी तब तो कुछ नहीं कर सकेगा भगवान तो बुद्ध ने कहा कि जवानी में जिसे पूजी इकट्ठी नहीं की बुढ़ापे में कौन पक्षी की तरह से सुखे जलास में प्रश्न साफ तब तो पूंजी केवल संसार का पूंजी नहीं संसार की पूंजी चाहिए संसार की पूंजी नहीं चाहिए बात नहीं है। शरीर है शरीर के, के लिए घर चाहिए शरीर के लिए वस्त्र चाहिए शरीर के लिए भोजन चाहिए तो चाहिए ही भजन में है कबीर काया कु करे भजन में भंगो टुकड़ा डाल के तब भजन करो नहीं टुकड़ा का व्यवस्था तो करने पड़ेगा आवास बस भजन का व्यवस्था तो पड़ेगा लेकिन इसी व्यवस्था में सारी जीवन का समाप्त कर लीजिए तब तो नहीं हुआ सारी शरीर है किस लिये शरीर <finds> के, तो के लिए सब कुछ है चाहिए तो शरीर किसी चाहिए भोजन चाहिए शरीर के लिए वस्त्र चाहिए शरीर के लिए आवाज चाहिए शरीर के लिए शरीर किसी चाहिए शरीर यही आत्मा के लिए आत्मा के लिए आत्म सुख के लिए शरीर सुख को थोड़ा छोड़ना पड़े तो कोई नादानी नहीं है लेकिन शरीर सुख के लिए आप उसको छोड़ दीजिए अब इसे बढ़कर नाजानी क्या हो सकती है तो सब बातों को जानिए जानकर जरूरत आपने सुनाया समय तो दस बजने पर बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय अभी हम लोग सुन रहे थे महाराज ने कि आत्म सुख के लिए और शरीर शरीर शरी शरी को छोड़ना पड़े, पड़े। ये बुद्धिमानी है और आत्म सुख को छोड़कर शरीर सुख को पाए जाएंगे नादानी नहीं है आत्म सुख को पाए कैसे क्रिया भजन भेद है वो संपत्ति को बर्बाद करके ही आदत छोड़ती है अच्छी आदत लग जाएगी क्या में छोड़ देगी आदत नहीं चंद्र महात्मा का नहीं है आपको अंतिम वहाँ जहाँ जाना है अंतिम परमात्मा तक पहुँचा करके आदत छोड़ती है इसीलिए ध्रुवराज बराबर कहते थे हिस्सा को लग जाए आदत को लग जाए बराबर सत्संग कीजिए ध्यान कीजिए सुमन कीजिए कैसे करेंगे वो परमात्मा के संबंध में तो परमात्मा तो कैसा तो है इसने लाइन दीजिए नीलो श्री सतगुरु महाराज सतगुरु महाराज श्री सतगुरु महाराज श्री सतगुरु महाराज सद सत्या को मल्यार्पण किए स्वामी योगानंद भाव को मल्यार्पण कर रहे हैं स्वामी ओमानंद को मल्यार्पण कर रहे हैं अब हमारे बीच में मंत्री साहब आए हुए हैं अशोक भाई हम लोग के बीच में अब स्वागत गान के लिए आ रही है श्री लता केडिया और स्वाति कुमारी I just don't know. अभी हम लोग सुनहे थे स्वागत गान गुरु महाराज के साधना शिखर को समर्पण करते हुए पूज्यपाल बाबा श्री श्री स्वामी जी महाराज बाबा, बाबा श्री चतरा महाराज बाबा वेदानंद जी महाराज योगानंद जी महाराज मंच अन्य शारा महात्मा गंध सप में भाग लेने आए हुए हमारे तमाम सत्संग प्रेमी गण पूजनिया माता एवं बहनों सबसे पहले मैं बिहार राज्य के केंद्र राजधानी के पावन धरती पर आज के शतरंग के बेला में आज इस धरती को सौभाग्य होने के अवसर पर मैं गुरु महाराज के हृदय स्वरूप बाबा श्री शाही स्वामी जी महाराज का एवं अन्य साधु महात्माओं का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ मैं स्वागत करता हूँ सतगुरुशंकर नमो नमो बहुब सपलू जन भो उपस्थित धर्मानी सत्संद प्रेम श्रदात्माओ माता और बहु यह महान आयोजन जिसमें हम आप जहाँ से आकर एकत्र हुए हैं संत मत सुनाने के लिए हुआ है संत मत अर्थात संतों का विचार संत है तात्पर्य किसी विशेष वेश विशेषधारी से नहीं बल्कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की कथना अनुकूल विषय अलमपटील गुना कर सुख सुख सुख दुख देते पर सम समूत लोहा मृत हरस त्यागी कोमल चित पर दाया, मन कर्म लग्न भगत माया तबह मान पर आप मानी भगत प्राण सन मनते शीतलता सरलता मैत्री द्विपद प्रीत धर्म यादि ये सब लक्षण बसही जात संत संतुर संत कौन महाभूषण ने एक मंत्र आया है युद्धते हृदय ग्रंथ सिद्धं कर संख्या शीते चाच कर मसमी विष्ठ करा हुए जिनके हृदय की जांच सुन गई है जिनके संखय का नाश हो गया है इनका कर्म बंधन समाप्त हो गया है जिनकी दृष्टि परे से परे असर परमात्मा का दर्शन करती है यह है स्व हृदय की गांठ फुलगरी से तात्पर्य यह है कि हम लोगों का शरीर जो है क्या है जड़ है और शरीर में रहने वाले हम हम जड़ नहीं हम चेतन हैं है। हम इस शरीर में हैं किस तरह से हैं जिस तरह से दूध में भी हो है दूध के जरे जरे प्रमाण प्रमाण में घीप व्यापक होकर रहता है इसी तरह से हम शरीर में नब्बे शिक्षक भरे हैं जिन्होंने शरीर से अपने को अलग कर दिया जिस तरह से दूध में से भी तो अलग कर लेते हैं उन्हीं के बारे में कहा गया जिते हृदय हृदय की गांध खुल गई है अलग कर दिया है तो क्या हो गया है दूध में से जैसे घी को आप अलग कर लेते हैं तो कुछ ऐसा काम होता है जो दूध के साथ रहने वाले घी से नहीं होता है पूरी मिठाई आज बना नहीं रहता हूँ उसी तरह से जड़ शरीर से जो अपने को अलग कर लेते हैं जिससे हम लोग अपने शरीर पर के वस्त्रों को उतारते शरीर पर निवस्त कर देते निवस हैं तो वो अपने आप के ज्ञान में होते हैं और अपने आप के ज्ञान में होने के कारण वो परमात्मा के ज्ञान होते हैं आई परमात्मा के ज्ञान में होना मानो सुख के सागर में होना है तो ऐसा जिन्होंने अपने को बना लिया है उनके बारे में थोड़ा भी देख देख कर देखते जिनके संशय अनाश हो गया है संशय किसको होता है संशय होता है अज्ञानी को और अज्ञानी कौन जो पढ़ लिखा नहीं है पढ़ लिख के कोई ज्ञानी नहीं होता है पढ़ लिख के विद्वान होते हैं पढ़ लिख के ज्ञानी होकर होगा जाता तो संत कवि साहब के बारे में आया है कि मत् कागज नहीं मतलब एकदम व्यक्त कर भट्टाचार्य कितने ऊंचे थे जैनिक गोस्वामी कुकूल अमित बोध अनियमित भोगिल सत्यसार कवि भोगिल तो जोगी अपने आप जी का संकेत समाप्त हो गया अगर पढ़ के ज्ञानी हुआ जाता तो राम के परम हमारा ज्ञानी के कोट में नहीं आते क्योंकि तो जीवनी में मैंने पढ़ा कि केवल अपना नाम और लिख पाते थे गौदाधौ बस इतना ही इनकी योग्यता है लेकिन ज्ञानी कितने ऊँचा दिए ज्ञानी अट्ठारह सौ तिरानवे के सितंबर महीने में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था विश्व के अध्यात्म के प्रधान विद्वान सब आए हुए थे सबों ने स्वामी विवेकानंद विद्वता के परे का विद्वान है ऐसे जो विद्वता के परे का विद्वान स्वामी विवेकानंद महाराज थे हो गए कैसे अज्ञानी जान करते ज्ञान होता है प्रकाश में अज्ञान होता है अंधकार में अभी देखिए सूरज का प्रकाश है सूर्य के प्रकाश में लोग ज्ञान कर रहे हैं सौर्य का प्रकाश में ज्ञान होता है हम आप अपने को देखते हैं। शरीर नहीं है शरीर में हैं शरीर में है तो कहाँ है देख लीजिए आप देख देखने की शक्ति को अपने तरफ पीजिए अर्थात आँख बंद करके देखिए आँख खोल के देखेंगे तो बाहर का देखना होगा जब तो बाहर का देखना बंद नहीं करेंगे तो अंदर में देखेंगे कैसे तो आँख बंद कर लीजिए तब देखिए आप देखते हैं क्या देखते हैं हर है एक आंख बंद करने पर अंधकार देखता है लेकिन हम आपके अंदर में केवल अंधकार है होता है तो आंख में रोशनी कैसे होती है चेहरे चेहरा चमकता कैसे फिर को छूने से गर्म मालूम वाल्मी कैसे हम आपके अंदर में प्रकाश भी है हम आपके अंदर में शब्द भी है आई प्रकाश और शब्द हम आपका जीवन भी है जिस धर्म से प्रकाश निकल जाएगा शब्द समाप्त हो जाए बोलती बंद हो जाएगी कि हम आप जिंदा रहेंगे हम आपको प्रकाश है हम आपको शब्द हैं लेकिन हम परे हैं अनुसार दें